एवरी वन मैं महन पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे मस्त होंगे जैसा कि आप लोगों को मालूम है मेरे द्वारा आपको कंप्यूटर कोर्सेज प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिसमें मैं अभी बेसिक कोर्स में प्रैक्टिकल क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ और आज मैं लास्ट वीडियो के आगे कंटिन्यू करूँगा जो कि मेरी लास्ट वीडियो वर्डपैड पर थी वर्डपैड का पार्ट वन मैंने उसमें दिया था आपको बेसिक पूरा वर्डपैड का बताया हुआ था आज उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा मैं तो वर्डपैड के विंडो पर चलने से पहले मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हों यूजफुल लगता हो तो वीडियोज़ को आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें जिससे इन वीडियोज़ का लाभ आपके फ्रेंड्स को प्राप्त हो तथा नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आइकन को भी प्रेस कर ले तो चलिए चलते हैं वर्डपैड के विंडो पर आप देख पा रहे हैं वर्डपैड की विंडो पर हम आ चुके हैं जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें मैंने आपको वर्डपैड का कंप्लीट बेसिक दिया हुआ था मींस वर्डपैड का पार्ट ऑफ विंडो क्या है फाइल नेम फाइल एक्सटेंसन क्या है तथा फाइल मैन्यू के बारे में हमने कम्प्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कराई थी आज के टॉपिक में अगला मैन्यू ऑप्शन है होम जिसके अंतर्गत जो रिवन है उसका मैं कंप्लीट जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। रिबन एक वर्टिकल लाइन से के माध्यम से अलग अलग टैब्स में डिवाइड किया गया है जैसे क्लिपबोर्ड टैब है फ़ॉन्ट टैब है पैराग्राफ टैब है इंसर्ट टैब है एंड एडिटिंग टैब है तो सबसे पहले हम क्लिपबोर्ड टैब को जानेंगे और डीपली इसको समझेंगे वैसे क्लिप टैब को आपको पहले पीछे की क्लासेस में बताया जा चुका है क्लिप टैब जो मैं आज बताने जा रहा हूँ ये कुछ नई चीज़ें नहीं हैं आपके लिए बिकॉज नोटपैड पेंट इन सब में आपने इसके बारे में जानकारी ली हुई है जैसा इसमें जो ऑप्शंस हैं कट कॉपी एंड पेस्ट तो हम एक एक करके समझते हैं जैसे कि हम यहाँ कुछ टाइप कर लेते हैं हमने टाइप कर दिया चैनल का नेम लिख दिया मैंने के सी स्पेशलिस्ट तो आप देखेंगे यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं कट और कॉपी ये दोनों हाईलाइट नहीं है मीन्स एक्टिव नहीं है जो सेंटेंस या लाइन या पैराग्राफ सेलेक्ट करना है शॉर्टकट के माध्यम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं या जहाँ तक हमें सिलेक्शन लेना है वहाँ के लास्ट में हम कर्सर को रखते हैं और अपने माउस की बटन को क्लिक करते हैं और ऐसे ही ड्रैग कर देते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है हम क्या करते हैं आप देख पा रहे हैं कट कॉपी दोनों ही एक्टिव हो गया तो कट हम करते हैं यदि हमें अपने इस सेंटेंस को या लिखे हुए जो ये वर्ड्स हैं जो मेरे चैनल का नेम है के सी स्पेशलिस्ट इसको हम यहाँ से अलग जगह पर रखना चाहते हैं तो इसको हम कट करते हैं मीन्स यदि लोकेशन हमें चेंज करना है यहाँ से इसका तो हम इसको कट कर लेते हैं आप देख पा रहे हैं कट कर लिया हमने हम एंटर करते हुए नीचे आएंगे हम कहीं भी अपने इंसर्शन पॉइंट को ले जा कर के हाँ बीच में हम ले आ रहे हैं इंसर्शन पॉइंट को और हम चाहें तो यहाँ पर जा कर के पेस्ट पेस्ट करेंगे पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना यहाँ पर पेस्ट होकर के आ गया जो हमने कट मैटर लिया हुआ था अब हम कॉपी देख लेते हैं यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं कॉपी मीन्स इसका एक इमेज क्रिएट हो गया इसका डुप्लीकेट हो गया अब हम उसको यहाँ टॉप लेफ्ट में पेस्ट करना चाहते हैं हुबहु बहु के सीआई जैसा लिखा हुआ है इसका जस्ट कॉपी हमको यहां पेस्ट करना हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस तरह से कट और कॉपी हम यूज करते हैं यदि हमें कट करते हैं यदि हमें अपने टेक्स्ट, वर्ड या लाइन या पैराग्राफ का लोकेशन चेंज करना है तो उसको हम सेलेक्ट करके कट कर लेते हैं और फिर अदर लोकेशन में ले जा करके पेस्ट करके उसको चिपका देते हैं कॉपी करने का मतलब यदि हमें अपने ही उस मैटर का डुप्लीकेट रखना है सेम वैसे ही हमको अलग जगह पर रखना है तो हम उसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं फिर पेस्ट के माध्यम से वहाँ ले जा के उसको हम कर दे, दे पेस्ट के माध्यम से वहाँ ले जा के हम पेस्ट कर देते हैं तो ये हो गया आपका कट कॉपी पेस्ट अब हम यहाँ देख पा रहे हैं पेस्ट के नीचे एक ट्रैंगल बना हुआ है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन है पेस्ट एंड पेस्ट स्पेशल यहाँ से पेस्ट करें सेम वर्क होगा जो हमारा कॉपी किया हुआ मैटर था उसको हम बार बार रिपीट एंड रिपीट पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट के माध्यम से अगला ऑप्शन है आपका पेस्ट स्पेशल तो पेस्ट स्पेशल को करने से पहले हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं जब हम फुल फॉर्मेट करके रीज टेक्सट इसको हम बना लेते हैं थोड़ा सा साइज को ग्रो करेंगे यहाँ से टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड करेंगे और हाईलाइट वगैरह भी करना चाहें या इटैलिक करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं अब हम क्या करते हैं सेलेक्ट इस तरह से हमारा टेक्स्ट हो गया है इसका हम सेलेक्शन लेते हैं यहाँ से और इसको हम जा के यहाँ से कॉपी कर लेते आप चाहें तो हम इसी विंडो में करें नहीं तो हम यहाँ से जाते हैं और एक न्यू विंडो ले लेते हैं इस तरह से अब हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल को यूज करते हैं जो हमने कॉपी किया मैटर है वो हम यहां से आते हैं पेस्ट स्पेशल आप जान लें पेस्ट का शॉर्टकट कंट्रोल भी होता है और पेस्ट स्पेशल का -कट अल्ट वी होता है यहां पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं तो स्पेशली पेस्ट करने के लिए आपको चार टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट पिक्चर मेटाफाइल रिज टेक्स्ट आर जिसको हम बोलते हैं अन फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो विदाउट फॉर्मेटिंग आएगा आपने देखा जो मैंने कॉपी किया मैटर वो फुल फॉर्मेटिंग में था अब हम चलते हैं सबसे पहले नीचे से पेस्ट करके स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप आपको बताते चलते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्सट फॉर्मेट में हम इसको पेस्ट करना चाहते हैं ओके okay करेंगे तो विदाउट फॉर्मेटिंग अभी आपने देखा था ए सी आई स्पेशलिस्ट को हमने उसका फॉन्ट को ग्रो भी किया था कलरफुल किया था आई किया हुआ था उसके बाद मैंने कॉपी किया था अब आप देख पा रहे हैं यहाँ एकदम नॉर्मल फॉन्ट आ गया जिससे हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नोट में यूज करते हैं उस तरीके से हम एंटर करते हुए थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे और फिर हम चलते हैं यहाँ से पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं फिर से पेस्ट स्पेशल का डायलॉग आ गया जिस एक बार हमने कॉपी किया जो कि फुल फॉर्मेट करके और उसको हम स्पेशल तरीके से पेस्ट करते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में हमने कर लिया अब हम चलते हैं रीस टेक्सट में करके दिखाते हैं रीस टेक्सट मीन्स हो गया वर्डपैड का ही फॉर्मेट है डाटा रिच टेक्स फॉर्मेट ओके okay करेंगे तो देखिए कंप्लीट फॉर्मेट हो करके आपके सामने ये प्रेजेंट हो गया है फिर हम यहां से नीचे एंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं दो तरीके से आपने देखा जब हमने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को पेस्ट करा तो इस तरह से पेस्ट हो करके आया और जब हमने रीज टेक्स्ट फॉर्मेट में पेस्ट किया तो जैसा हमने कॉपी किया था उस तरह से आ गया अब हम चलते हैं उसके नीचे अगला ऑप्शन जो इसमें है पेस्टल में उस पर हम क्लिक करते हैं और डायलॉग आ जाता है इसमें अगला है पिक्चर मेटाफाइल पिक्चर मेटाफाइल का मीन्स क्या है पिक्चर मेटाफाइल पर हम क्लिक करते हैं तो मेटाफाइल मीन्स पिक्चर जब हम कोई भी लेते हैं तो वो एक बॉक्स में होता है मतलब वो सेलेक्टेड एक बॉक्स के तरीके से होता है जिसको हम ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं मेटाफाइल फॉर्मेट में आ जाता है पिक्चर्स के तरीके से यहाँ से ओके okay करते हैं आप देखें पिक्चर बॉक्स में आ गया है हम एलिवेटर को मूव करते हैं और आप देखें बॉक्स में के सी आ गया है मीन्स से चाहें तो इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं तो यह है पिक्चर मेटाफाइल देखिए बॉक्स में आ गया है चाहे तो इसको हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं जितना भी बड़ा छोटा करना चाहे ड्रैग करके हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसे हम एक पिक्चर को या इस शेप को छोटा बड़ा करते हैं हम चलते हैं यहाँ से नीचे आ जाते हैं अभी आप देखिए अनफॉर्मेटेड पर जाएंगे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे जब हम वर्डपैड पर हैं तो ये डिस्प्लेज आइकन्स हाईलाइट है मीन्स अनफॉर्मेटेड के साथ ये हाईलाइट नहीं है एक्टिव नहीं है रीज टेक्स के साथ एक्टिव नहीं है पिक्चर मेटाफाइल के साथ एक्टिव नहीं है मीन्स वर्डपैड के ही फॉर्मेट में एक्टिव है कहने का मतलब ये है यदि हम अपने जो सेलेक्टेड मैटर है या जो हमने कॉपी किया मैटर है अपना उसको हम आइकन के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं वर्डपैड के तो हम यहाँ से डिस्प्ले एज आइकन्स कर लें और यहाँ से ओके okay कर दें आप देख पाएंगे ये आइकन आ गया वर्ड पैड का मीन्स आपका जो ये के सी आई स्पेशलिस्ट हमने लिखा हुआ है दो बार और कॉपी किया है वो इसके अंतर्गत आ गया अगर हम यहाँ डबल क्लिक कर देंगे तो एक अलग विंडो में वो आपका ओपन होकर के आ जाएगा तो आपने देखा जो फोर टाइप के ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं वो फोर टाइप ऑप्शन अलग अलग तरीके से पेस्ट कर रहा है मीन्स पेस्ट स्पेशल हो रहा है ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट एक बार हमने फुल फॉर्मेट करके कॉपी कर लिया उसको हम विदाउट फॉर्मेटिंग में भी पेस्ट कर सकते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट में भी पेस्ट कर सकते हैं पिक्चर मेटा फाइल में से पेस्ट कर सकते हैं तथा हम इसको आइकन के रूप में भी पेस्ट कर ले जाते हैं तो ये चारों ऑप्शन हुए अभी आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन है पेस्ट लिंक तो पेस्ट लिंक का क्या यूज़ है अभी हाईलाइट नहीं है तो इसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं आप देखेंगे जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर लें यदि हमें किसी अदर फाइल के मैटर को बार बार इसमें यूज़ करना हो तो हम उसका एक लिंक बना करके रख लेते हैं तो और उस लिंक को हम पेस्ट लिंक के माध्यम से पेस्ट कर लेते हैं अपनी फाइल में हम यहाँ चले आते हैं जैसे हमने एमएस वर्ड ओपन कर लिया हम आपको एमएस ऑफिस जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो पहला एप्लीकेशन पढ़ाएंगे वो एमएस वर्ड पढ़ाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें हम क्या करते हैं एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं हालांकि हम कोई सेव्ड फाइल भी ले सकते थे लेकिन हमने एक ऐसे ही फाइल ले लिया है यहाँ से हमने एक इमेज ले लिया यहाँ से इंसर्ट कर लिया इंसर्ट होकर के आ गया इमेज और हम नीचे आ गए हमने अपना नाम लिखा और इसको हमने यहां से कॉपी कर लिया क्या किया कॉपी कर लिया और इस फाइल को हमने यहां से मिनिमाइज कर लिया अब हम चलते हैं पेस्ट स्पेशल पर और पेस्ट लिंक देखते हैं तो हाईलाइट हो जाता है अब देख पा रहे हैं ये एक्टिव हो गया मींस यहां से हम जो अपनी फाइल हमने ओपन की है जिस फाइल के हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी उसको हम यहां से उसका एक लिंक पेस्ट कर लेते हैं आप देख पा रहे है? यहां पर दिखा दिया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट और यहां से हम डिस्प्ले आइकन भी कर सकते हैं और हम डायरेक्ट वो टेक्स्ट भी ओके करके पेस्ट कर सकते हैं देखिए महेंद्र कुमार राम से आ गया इस पर अगर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो जस्ट हमारी फाइल खुल जाती है जो हमने यहाँ पर लिंक किया हुआ है आप देखें हम बाहर भी कहीं क्लिक कर दें फिर हम इस पर आते हैं डबल क्लिक कर देंगे जस्ट हमारा वो फाइल खुल जाएगा जिस पर हमने काम किया तो इस तरह से हम लिंक को भी पेस्ट कर सकते हैं जिस फाइल की हमें बार बार आवश्यकता होती है उसका लिंक बना करके हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं वर्ड के पेस्ट स्पेशल ऑप्शन के माध्यम से तो आपने देखा कि यह पेस्ट स्पेशल ऑप्शन कितना पावरफुल और कितना ही यूजफुल है और कितने स्पेशल तरीके से ये ऑप्शंस को पेस्ट करता है तो ये हो गया आपका पेस्ट स्पेशल आई होप आपको क्लिपबोर्ड टैब समझ में आया होगा कट का क्या यूज है कॉपी का क्या यूज है पेस्ट का क्या यूज है और पेस्ट स्पेशल पेस्ट किया था तो मेरा नाम लिख करके आ गया महेंद्र कुमार इसमें हम और आगे कुछ लिखना चाहते हैं तो हे हम लिख सकते हैं के सी आई टेली स्पेशलिस्ट आप ध्यान देंगे फॉन्ट टाइप पर जब हम अपना वर्ड पैड डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो डिफॉल्ट तरीके से जो फॉन्ट साइज और फॉन्ट लगा होता है वो है कैलिबरी और फॉन्ट साइज जो है 11। ये डिफॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है जो इसमें लगा हुआ होता है अब हम एक एक करके चेक करेंगे और उसको यूज़ करेंगे उसका यूज़ क्या है वो हम बताएँगे आपको फोन टैप को यूज़ करने के लिए हमें सेलेक्शन की जरूरत होगी विदाउट सेलेक्शन कोई काम यहाँ चूंकि यहाँ हम अलग अलग तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं एक एक कैरेक्टर का हम अलग अलग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं सो हमें सेलेक्शन जरूरी है विदाउट सेलेक्शन हम नहीं करेंगे हमने टोटल सेलेक्ट कर लिया है अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से हम फॉन्ट को परिवर्तित करते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं साइज थोड़ा सा बड़ा करते हैं यहाँ अगर हम काउंट देख करके या लिख करके यहाँ सेवेंटी जो है सबसे लार्ज साइज है इसमें अगर हम इससे मैक्सिमम भी करना चाहें तो हम यहां टाइप कर सकते हैं इस तरह से हमने टाइप किया और एंटर किया तो ये साइज बढ़ जाएगी जबकि हमें अगर काउंट दे करके ना बड़ा करना हो हम डायरेक्ट ग्रो करना चाहते हैं फॉन्ट को तो साइड में आप देख पा रहे हैं ग्रो फॉन्ट है यहां से डायरेक्टली हम फॉन्ट को ग्रो करा सकते हैं सो so अभी मैं इसको बताता हूँ आपको थोड़ा सा मैंने फॉन्ट को बड़ा किया फोर्टी साइज में कर लिया फॉन्ट साइज और यहाँ से हम चलते हैं फॉन्ट को चेंज करते हैं कोई भी फॉन्ट हम यूज़ करना चाहते हैं जैसे हम इस पॉन्ट को यूज़ करना चाहते हैं आप देख पा रहे हैं फॉन्ट हमने चेंज किया तो ये अलग फॉर्मेट में आपका आ गया हम इस फॉन्ट को हटा करके कोई नॉर्मल सा फॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो हम यहाँ से फॉन्ट ले लेंगे देखिए नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया और वो थोड़ा बोल्ड फॉर्मेट में था बिकॉज हमें अभी आगे बोल्ड यूज़ करना है तो हम जब बोल्ड टेक्सट स्टाइली बोल्ड ले लेंगे तो फिर हम बोल्ड नहीं कर पाएंगे तो हम यहाँ से देखते हैं यहाँ से हमने कोई भी फॉन्ट आप यहाँ अगर आपके यदि आपके सिस्टम में हिंदी फॉन्ट इंस्टॉल्ड है तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं जो कोई भी फॉन्ट हो आप देखें हिंदी में मैं कर दिया यहाँ से कोई भी फॉन्ट स्टाइल आप चुन सकते हैं जो फॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा हम नीचे आ कर के यहां से हमने टाइम्स न्यूरोमन कर लिया नॉर्मल फॉन्ट स्टाइल है ये यह, यहाँ से हम चलते हैं फॉन्ट की साइज़ को बढ़ा घटा सकते हैं सो so, आप देख पा रहे हैं हमने फॉन्ट को थोड़ा सा छोटा कर लिया यहाँ से हम फॉन्ट को ग्रो करा सकते हैं इस तरह से हम क्लिक करते जाएंगे तो फॉन्ट बढ़ता चला जाएगा ग्रो होता जाएगा और उसका काउंट साइड में लिखता जाएगा कि ये किसनी साइज में गया हुआ है और यहाँ से हम सरिंग फॉन्ट करते हैं मतलब उसको छोटा करते हैं जितना ग्रो हुआ है वो सरिंग को छोटा होता चला जाएगा तो इस तरह से हम ग्रो करते हैं और इस तरह से हम उसको सरिंग करते हैं अब हम बोल्ड करके देखते हैं यहाँ पर बी पर क्लिक कर देंगे तो जो जो भी फॉन्ट आपने चुना होगा उसमें बोल्ड स्टाइल लग जाएगा बोल्ड स्टाइल देखिए कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम बोल्ड फॉन्ट ले लेते हैं हम बोल्ड लगाएंगे और यूज करेंगे या इसको हटाएंगे यहां से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा बिकॉज फॉन्ट की स्टाइल ही बोल्ड है मतलब फॉन्ट जो आपने चुना है वो बोल्ड फॉर्मेट में ही है सो so, ऐसा फॉन्ट हम चुनते हैं नॉर्मल फॉर्मेट में फिर हम उस पर बोल्ड को यूज करेंगे तो आप देखेंगे तो फॉन्टा हो जाएगा अंडरलाइन यह। प्रोवाइड कर सकते हैं जितना हमने सेलेक्ट किया है अब हम करते हैं क्या यहां से अभी अंडरलाइन हम हटाते हैं और फॉन्ट को हम थोड़ा सा छोटा करते हैं यहां से और हम क्या करते हैं अलग अलग फॉन्ट पर हम अलग अलग अंडरलाइन का कलर देते हैं जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया हमने यहां से इसको बोल्ड कर लिया अब देख पा रहे हैं केवल महेंद्र ही बोल्ड हुआ है और कुमार पांडे सब नॉर्मल में ही है हमने इतना ही सिलेक्शन लिया हुआ है अब हम क्या करते हैं यहाँ से इसको कलर दे देते हैं फॉन्ट को हमने कलर दिया और अगर हम अंडरलाइन लगाते हैं तो वो रेड कलर जिस कलर में आपका फॉन्ट होता है उसी कलर में इसमें अंडरलाइन लग के आता है अब हम चलते हैं अगले को हम सेलेक्ट करते हैं आप देख पा रहे हैं हमने कुमार को सेलेक्ट किया हम इसको इटैलिक फॉर्मेट में करते हैं और इसमें हम अलग कलर डालते हैं हमने इसको ग्रीन कर लिया अगर हम अंडरलाइन प्रोवाइड करते हैं तो ये ग्रीन अंडरलाइन देगा तो इस तरह से हम अलग अलग स्टाइल अलग अलग कलर अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं आप देख पा रहे हैं बीच में है आपका ए बी सी करके एक कट लगा हुआ जिसको स्ट्राइक थ्रू लाइन बोलते हैं यहां से बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं बीच में लाइन ड्रॉ हो गया है अगर इस फ़ॉन्ट का हम कलर बदल देते हैं तो फॉन्ट और लाइन एक ही फॉर्मेट में आ जाएगा तो इस तरह से हम अलग अलग फॉर्मेटिंग में फॉर्मेट कर सकते हैं अलग अलग इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर अब हम क्या करते हैं इसमें आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ लिखा है एक्स टू लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है दोनों का यूज़ क्या है एक होता है सबस्क्रिप्ट और एक होता है सुपर जैसे हम यहाँ पर टीएम लिख देते हैं हमने लिख दिया अब हम चाहते हैं ये टी जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो उसके लिए हम यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट को यूज करते हैं ट्रेडमार्क लगाने के लिए आप देख पा रहे हैं इस तरह से ऐसे ही अगर हम इसको नीचे ले जाना चाहते हैं तो हम यहाँ से सुपरस्क्रिप्ट को हटाएंगे और यहाँ से सब लगा देंगे आप देख पा रहे हैं नीचे आ गया तो कहने का मतलब है यदि हमें फॉन्ट को लाइन में नीचे की तरफ करना है तो हम सबस्क्रिप्ट इस का इस्तेमाल करते हैं और अगर हमें उसको फॉन्ट से ऊपर की तरफ ले जाना है तो हम उसमें सुपरस्क्रिप्ट इस का इस्तेमाल करते हैं आप देखें जैसे हमने लिख लिया x और 2 डाल दिया हमने x2 लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा ग्रो कर लेते हैं फॉन्ड को फिर आपके समझ में आएगा जैसे ये एक्स हमने लिख लिया और अब हम क्या करते हैं इस टू को हम सेलेक्ट करते हैं यदि हम सब करते हैं तो x2 बन जाएगा इस तरह से जैसे फार्मूला वगैरह में आप देखते हैं और अगर हम यहाँ पर इसको सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं इसे हेडिंग वगैरह को हाईलाइट किया जाता है हाईलाइटर का इस्तेमाल हम करना चाहते हैं तो ये हाईलाइट होता है टेक्सट हाईलाइटर है इसके माध्यम से हम हाईलाइट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को आप देख पा रहे हैं इस तरह से पूरा टेक्स्ट हाईलाइट कर दिया जाएगा हाईलाइटर के माध्यम से और हाईलाइटर का बेसिक यूज आप लोग जानते हैं कि जो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं या इंपॉर्टेंट लाइन होती, होती है या हेडिंग्स होती हैं उनको हाईलाइट करने के लिए हम हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये है आपका फोन टैप आई होप आपको फोन टैप समझ में आया होगा अब हम चलते हैं पैराग्राफ टैप को देखते हैं आप देख पा रहे हैं कुछ पैराग्राफ्स हम ले लिए हैं यहाँ से और अब हम पैराग्राफ टैब को एक एक करके देखते हैं और समझते हैं ये आपका इंडेंस है यहाँ से, से इंडेंस को डिक्रीज़ किया जाता है और यहाँ से इंडेंस को इनक्रीज़ किया जाता है इंडेंस क्या होते हैं इंडेंट ये जो रूलर में आपको सिंबल दिख रहा है इसको हम इंडेंट कहते हैं इंडेंस के माध्यम से अपने पैराग्राफ का अपने रूलर का टैब वगैरह की सेटिंग हम आसानी से कर पाते हैं तो यहाँ से हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ से हम लिस्टिंग का वर्क करते हैं यहाँ से बुलेट प्रोवाइड करते हैं यहाँ से हम लाइन में स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं और ये अलाइनमेंट अपने पैराग्राफ को अलाइन करने के लिए अलाइनमेंट का इस्तेमाल करते हैं लेफ्ट सेंटर राइट एंड जस्टिफाई और ये होता है आपका पैराग्राफ की सेटिंग के लिए तो एक एक करके हम देखते हैं हम अपने पैराग्राफ को पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले इंडेंट को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं आप देखें यहाँ से हम इंडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं आप देख रहे हैं इंडेंट किस जैसे इंक्रीज हो रहा है आपका पूरा पैराग्राफ जितना सेलेक्ट किया हमने पूरा मूव कर रहा है यहाँ से डिक्रीज़ करते हैं इसका यूज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसमें बुलेट्स प्रोवाइड करेंगे तो यदि हमने नंबर प्रोवाइड कर दिया आप ध्यान देंगे और अब हम क्या करते हैं मान लीजिए हम ये नंबर टू वाले पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ से इनक्रीज़ करते हैं इस तरह से इंक्रीमेंट इसको इधर उधर खिसका सकते हैं और यहाँ से हम डिक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ अपने पैराग्राफ को कर सकते हैं पैराग्राफ कब होता है अगर हम लिखें नॉर्मली और एंटर प्रेस कर देते हैं तो पैराग्राफ चेंज हो जाता है तो यहां से हम हाँ अपने पैराग्राफ को इंडेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं और यहां से इंडेंट्स को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं यहां से हम बुलेट्स की स्टाइल को नंबर स्टाइल में परिवर्तित कर सकते हैं रोमन फॉर्मेट में कर सकते हैं मीन्स लिस्टिंग हमें जिस तरीके से करना है उस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं आपके मैटर आपके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ हम देखते हैं लाइन स्पेसिंग करना है तो जो हमने पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर रखा है यहाँ हम जाएंगे अगर हमें डेढ़ लाइन का स्पेस चाहिए अभी आपका 1.15 का स्पेसिंग है अगर हम ओनली वन चाहते हैं तो वन लाइन का गैप आपका हो जाएगा स्पेसिंग को हम बढ़ाना चाहते हैं तो 1.5 कर सकते हैं अगर और ज़्यादा स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो हम टू कर सकते हैं इस तरह से हम कर सकते हैं यहाँ से अगर इसको हम हटा दें तो ये आपका देख रहे ना एट 10 pt टी पॉइंट है ये pt के मतलब पॉइंट स्पेस आफ्टर पैराग्राफ जो पे आफ्टर पैराग्राफ जो स्पेस एड था वो भी हट गया यहाँ से हम लगा देंगे तो पैराग्राफ के बाद के पैराग्राफ में थोड़ा सा गैप बन जाएगा और यहाँ से लाइन गैप को हम कम कर लेंगे हमने वन कर लिया वन पे ज़्यादा घना हो रहा है तो वन पॉइंट वन फाइव कर लेते हैं तो इस तरह से लाइन की स्पेसिंग और पैराग्राफ में स्पेसिंग हम प्रोवाइड कर सकते हैं अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका लेफ्ट अलाइन है हम चाहते हैं सेंटर में हो जाए तो आप देख पा रहे हैं सारे पैराग्राफ सेंटर फॉर्मेट में हो गए जो आपका मैटर था लास्ट लाइन का वो आप देखिए पूरा सेंटर में आ चुका है मींस जब हम सेंटर लाइन करेंगे तो जो पूरी लाइन आपका पूरे रूलर के साइज में आ रहा है वो तो आपका पूरा दिख रहा है जिसमें जैसे उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ हो लेकिन जो लाइन कंप्लीट नहीं था उसमें थोड़ा सा मैटर था एक दो वर्ड था वो आपका देखे बीच में आ गया बिकॉज जो अलाइनमेंट है वो सेंटर कर दिया गया है अगर हम लेफ़्ट कर देते हैं तो देखिए वो लाइनें या जो वर्ड है आपके वो लेफ़्ट में आ गए हैं इसी तरीके से हम चाहें तो राइट right अलाइन कर सकते हैं सारा मैटर आपका राइट right में हो हो जाएगा आप देख पा रहे हैं पूरी लाइन जो है फुल लाइन जो आपके रूलर में है उसमें तो आपको चेंजेस नहीं समझ में आ रहा है लेकिन जो लास्ट लाइन है हर पैराग्राफ में उसमें वर्ड्स कम हैं तो वही आपके लेफ्ट राइट सेंटर हो रहे हैं आप देख पा रहे हैं हो रहा है पूरा पैराग्राफ लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं वो लास्ट लाइन में आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़ रहे होंगे हम राइट में ले जा करके कर देंगे अगर हम जस्टिफाई यूज करते हैं तो डिफॉल्ट स्टाइल में आ जाएगा जो डिफॉल्ट स्टाइल लेफ्ट है मींस चाहे हम लेफ्ट कर लें और चाहे हम जस्टिफाई करें तो जस्टिफाई करने का मतलब जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो लग जाएगी अब हम आते हैं पैराग्राफ पर आप देखें पैराग्राफ पर क्लिक करते ही पैराग्राफ की सेटिंग आ गई इसमें इंडेंटेशन है आपका लेफ्ट में 0.5 है जो स्पेस आपको दिया गया है 0.5 मतलब आधे इंच पर आपका पैराग्राफ स्टार्ट है और इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो माइनस 0.25 से मींस यहां जो गैपिंग है उसको यह दिखा रहा है यहां से यहां तक यहां से इसने स्टार्ट किया है हम चाहते हैं कि केवल हमें पैराग्राफ का सेटअप देखना है तो अभी हम यहां से कैंसिल करते हैं और यहां से हम बुलेट्स को हटा देते हैं फिर आपको पैराग्राफ अच्छे से समझ में आएगा हम चलते हैं सेलेक्ट करते हैं पैराग्राफ को और यहां से पैराग्राफ सेटिंग को ओपन करते हैं हम चाहते हैं जो लेफ्ट की सेटिंग हो वो जीरो ना होकर के जीरो पॉइंट टू फाइव हो जाए और जो लाइन की सेटिंग है वो जीरो जो लाइन है वो जीरो फाई फाई हो जाए मीन्स 0.75 ये 0.25 के बाद लेगा ध्यान दीजिएगा इसको मैंने इसलिए 75 किया है जिससे ये 1 पे आ जाए और स्पेसिंग आपने पहले से दे रखा है और पैराग्राफ के बाद का स्पेस आप दे रखे हैं हम यहाँ से ओके करते हैं आप देख पाएंगे यहाँ देखिए 0.25 पर ये सेटअप हो गया आपके इंडेंट का जो लेफ्ट फॉर्मेट है और पहली लाइन वन पे आ गई मीन्स हमने जीरो दिया था और टू ये छोड़ चुका है पहले से और उसके बाद 7.5 फाइव यहाँ आ गया तो वन पे आ गया पहली लाइन पहली लाइन का सेटअप हमने यहाँ से हर एक पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं पहली लाइन आपके वन इंचज़ पर है और जो सारा लेफ्ट मेट इंडेंस की सेटिंग है वो जीरो पॉइंट टू फाइव से तो जैसा आपका यूज़ हो जैसे आप पैराग्राफ की सेटिंग करना चाह रहे हैं उस तरह से आप इस डायलाग बॉक्स के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट आप लेफ़्ट बाई डिफ़ॉल्टूज़ कर रहे हैं राइट right में हमने कुछ भी नहीं दिया अगर हम राइट right में भी वन इंचेस कर दें तो आप देख पाएंगे वन इंचेस का यहाँ से गैप हो जाएगा आप देखें यहाँ से यहाँ वन इंच आ गया क्योंकि सेवन पॉइंट फाइव पर था ही और जब वन इंचेस किया तो सिक्स पॉइंट फाइव पर आ गया जो पैराग्राफ में आपका कर्सर था केवल उसी का सेटिंग हुआ अगर हम पूरे को सेलेक्ट किए होते अगर इसको यहाँ से अंडू कर दें और यहाँ जाएँ पूरे को सेलेक्ट कर लें पूरे पैराग्राफ को और यहाँ जा के हम राइट right में वही वन कर देते हैं तो आप देख पाएंगे सभी पैराग्राफ पर यह इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा तो इस तरह से अपने पैराग्राफ को हम सेट कर सकते हैं जैसे आपका यूजेज हो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हैं चलते हैं हम यहां पर एक ऑप्शन है टैब्स टैब्स को भी हम देखते हैं हमने अभी आपसे बात किया था कि इंडेंस की सेटिंग हम टैब के में जाकर के टैब्स के माध्यम से इंडें की सेटिंग भी करते हैं तो यहाँ से टैप को हम देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं डिफॉल्ट कर देते हैं इन सब पैराग्राफ को चाहे तो हम यहाँ से हटा दें और यहाँ पर जा करके हम जस्टिफाई फॉर्मेट लगा देंगे और यहाँ से हम इन सब को जीरो कर देंगे इससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए सारे पैराग्राफ सही हो जाएंगे जो भी चेंजेस हमने किए हैं वो सारे चेंजेस हट जाएंगे और यहाँ से हम ओके कर देते हैं आप देख पा रहे हैं पैराग्राफ में कोई भी सेटिंग नहीं है अब हम चलते हैं टैब्स की सेटिंग करते हैं तो हमें इस पैराग्राफ को डिलीट कर देते हैं अभी आप देख पा रहे हैं इंडेंट्स यहाँ हैं और यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट है जो इंडिकेट कर रहा है आपके पेज में रूलर की सेटिंग कहाँ तक है हम यहाँ चलते हैं और टैब्स पर क्लिक कर देते हैं अब यहाँ हमें टैप की एक स्टॉप पोजिशन हमें देना होगा हम चाहते हैं कि टैप का सेटिंग हम टू पर कर दें टू इंचज पर यहाँ से सेट कर देते हैं इसके बाद हम फोर पर करना चाहते हैं फोर करके सेट कर देंगे हम चाहते हैं सिक्स पे हो जाए पोजिशनिंग सिक्स पर हमने सेट कर दिया और यहाँ से हमने ओके okay कर दिया आप देख पा रहे हैं यहाँ टू पर सेट है फोर पर सेट है और सिक्स पर सेट है टैब बटन होता है आपके कीबोर्ड में अगर हम टैब प्रेस करते हैं अब हम डायरेक्ट टू पर जा रहे हैं फिर हम डायरेक्ट फोर पर जा रहे हैं फिर डायरेक्ट हम सिक्स पर जा रहे हैं लेकिन इसके बाद आपका टैब का मोमेंट जो होगा जो डिफ़ाल्ट मोमेंट होता है टैब का वो चलेगा मीन्स पॉइंट मतलब आधे इंचे मूव करता है टैब आपका जहाँ तक रूलर की सेटिंग है उसके बाद फिर बैक करके आ जाएगा इस तरह से जहाँ हमने सेटअप किया वहाँ डायरेक्ट जंप करता है और नहीं तो उसका जो मूव पॉइंट है 0.5 वो, वो मूव कर जाता है ये है टैब की सेटिंग जिससे हम टैब सेट करके कुछ भी मैटर लिखना चाहते हैं एक एग्जैक्ट पोजिशनिंग करके तो इंडेंस के माध्यम से हम उसको यहाँ से पोजिशनिंग कर दिया हमने टैब सेटिंग करके इंडेंस को सेट कर दिया और फिर हम वहीं जम करके जा सकते हैं टैब्स में चले जाएं और यहां से क्लियर क्लियरऑल कर दें तो आप देख पाएंगे सारी सेटिंग्स हट गई अब हमारा टैब जो है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव मूव कर रहा है तो टैब सेटिंग करके हम अपने टैब को अपने अनुसार हम मूव कर सकते हैं तो आई होप पैराग्राफ टैब भी आपको समझ में आया होगा तो आज की क्लास में आपने देखा क्लीबोर्ड टैब फोन टैब पैराग्राफ टैब वीडियो बहुत लंबी ना हो इसके लिए आज हम यहीं ब्रेक करते हैं और एक लास्ट वीडियो हम वर्ड पैड के लिए लेकर के आएंगे जिसमें हम कंप्लीट वर्ड पैड आपको देंगे तो आज की क्लास के लिए बस इतना मिलते हैं नेक्स्ट डे वर्ड पैड का अगला पार्ट लेकर के तो जाने से पहले एक बार मैं कहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स्ट डे अपने नए वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद